दोस्तों आज की मिस्टीरियस दुनिया इन हिंदी सीरीज की वीडियो में हम मिस्र के महान पिरामिड के बारे में 11 चीजें बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे तो चलिए फ्रेंड्स बिना समय बर्बाद कर अपनी वीडियो शुरू करते हैं नंबर एक से नंबर वन क्लियोपेट्रा मिस्र की नहीं थी किंग टूट के साथ क्लियोपेट्रा सात की तुलना में प्राचीन मिस्र के साथ शायद कोई भी आंकड़ा अधिक प्रसिद्ध नहीं है लेकिन जब वह अलेक्ट्रास्तव में पैदा हुई थी, थी, वास्तव में ग्रीक की एक लंबी लाइन का हिस्सा थी, जो मूल रूप से टॉलेमिक के वंशज थे, जो सिकंदर महान के सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंटों में से एक थे टोलेमिक राजवंश ने 323 से 30 ईसा पूर्व मिस्र पर शासन किया और इसके अधिकांश नेता अपनी संस्कृति और संवेदनाओं में बड़े पैमाने पर ग्रीक बने रहे वास्तव में क्लियोपीट्रा मिस्र की भाषा बोलने वाले टोलेमिक राजवंश के पहले सदस्यों में से एक होने के लिए प्रसिद्ध थी नंबर टू प्राचीन मिस्रवासियों ने रिकॉर्ड पर सबसे पुरानी शांति संधियों में से एक का निर्माण किया दो शताब्दियों से अधिक समय तक मिस्रवासियों ने आधुनिक सीरिया में भूमि पर नियंत्रण के लिए हित्ती साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी संघर्ष ने बारह ईसा पूर्व कादेश की लड़ाई की तरह खूनी जुड़ाव को जन्म दिया लेकिन फिर रामसेस द्वितीय के समय तक कोई भी पक्ष स्पष्ट विजेता के रूप में उभरा नहीं था बारह ईसा पूर्व में मिस्र और हित्तियों को अन्य लोगों से खतरों का सामना करने के साथ रामसेस द्वितीय और हित्ती राजा हथोशसली तीन ने एक प्रसिद्ध शांति संधि पर बातचीत की इस समझौते ने संघर्ष को समाप्त कर दिया और निर्णय लिया कि तीसरे पक्ष द्वारा आक्रमण की स्थिति में दोनों राज्य एक दूसरे की सहायता करेंगे मिस्र संधि को अब सबसे पहले जीवित शांति समझौतों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है और एक प्रति न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद चैम्बर के प्रवेश द्वार के ऊपर भी देखी जा सकती है नंबर थ्री प्राचीन मिस्रवासी बोर्ड गेम पसंद करते थे नील नदी के किनारे दिन भर के काम के बाद मिस्रवासी अक्सर बोर्ड गेम खेलकर आराम करते थे मेहन सहित कई अलग अलग खेल खेले गए लेकिन शायद सबसे लोकप्रिय खेल था जिसे सैने के रूप में जाना जाता था यह शगल 3500 ईसा पूर्व का है और 30 वर्गों के साथ चित्रित एक लंबे बोर्ड पर खेला जाता था प्रत्येक खिलाड़ी के पास टुकड़ों का एक सेट होता था जो पासा के रोल या फेंकने वाली छड़ियों के अनुसार बोर्ड के साथ ले जाया जाता था इतिहासकार अभी भी सीनेट के सटीक नियमों पर बहस करते हैं लेकिन इस खेल की लोकप्रियता पर कोई संदेह नहीं है पेंटिंग में रानी ने फरदारी को सैनेट की भूमिका निभाते हुए दिखाया गया है और जैसे फिरौन के पास उनकी कब्रों में गेम बोर्ड भी थे नंबर मिस्र की महिलाओं के पास व्यापक अधिकार और स्वतंत्रताएं थीं, जबकि उन्हें सार्वजनिक और सामाजिक रूप से पुरुषों से कमतर माना जाता था मिस्र की महिलाओं को कानूनी और वित्तीय स्वतंत्रता का एक बड़ा सौदा मिला वे संपत्ति खरीद और बेच सकते थे जूरी में सेवा कर सकते थे वसीयत बना सकते थे और यहाँ तक कानूनी अनुबंध भी कर सकते थे मिस्र की महिलाएं आमतौर पर घर से बाहर काम नहीं करती थीं, लेकिन उन्हें पुरुषों के समान काम करने के लिए समान वेतन मिलता था प्राचीन ग्रीस की महिलाओं के विपरीत जो प्रभावी रूप से अपने पतियों के स्वामित्व में थीं, मिस्र की महिलाओं को भी तलाक और पुनर्विवाह का अधिकार था मिस्र के जोड़े एक प्राचीन विवाह पूर्व समझौते पर बातचीत करने के लिए जाने जाते थे इन अनुबंधों में उन सभी संपत्ति और संपत्ति को सूचीबद्ध किया गया था जो महिला ने शादी में लाई थी और गान दी थी की तलाक की स्थिति में उसे इसके लिए मुआवजा दिया जाएगा नंबर फाइव मिस्र के श्रमिक हड़ताल आयोजित करने के लिए जाने जाते थे भले ही वे फिर को एक जीवित देवता के रूप में मानते थे मिस्र के कार्यकर्ता बेहतर काम करने की स्थिति के लिए विरोध करने से नहीं डरते थे सबसे प्रसिद्ध उदाहरण 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में न्यू किंगडम फिर से स्टीन के शासनकाल के दौरान आया था जब मदीना में शाही कब्रिस्तान के निर्माण में लगे मजदूरों को अनाज का सामान्य भुगतान नहीं मिला तो उन्होंने इतिहास में पहली दर्ज की गई हड़तालों में से एक का आयोजन किया नंबर सिक्स मिस्र के फिरोन अक्सर अधिक वजन वाले थे मिस्र की कला आमतौर पर को ट्रिम और स्टैचू के रूप में दर्शाती है लेकिन यह सबसे अधिक संभावना नहीं थी मिस्र के बियर, वाइन, ब्रेड और शहद के आहार में चीनी की मात्रा अधिक थी, और अध्ययनों से पता चलता है कि इसने शाही कमर पर कई काम किए होंगे मम्मियों की जांच ने संकेत दिया है कि मिस्र के कई शासक अस्वस्थ और अधिक वजन वाले थे नंबर सेवन पिरामिड गुलामों द्वारा नहीं बनाए गए थे पिरामिड बनाने वाले का जीवन निश्चित रूप से आसान नहीं था श्रमिकों के कंकाल आमतौर पर गठिया और अन्य बीमारियों के लक्षण दिखाते हैं लेकिन सबूत बताते हैं कि बड़े पैमाने पर कब्रों का निर्माण दासों द्वारा नहीं बल्कि वेतनभोगी मजदूरों द्वारा किया गया था ये प्राचीन निर्माण श्रमिक कुशल कारीगरों और अस्थायी हाथों का मिश्रण थे और कुछ को अपने शिल्प पर बहुत गर्व था स्मारकों के पास पाए गए भित्तिचित्रों से पता चलता है कि वे अक्सर मेनकोर के शराबी या खोख के मित्र जैसे अपने कर्मचारियों को विनोदी नाम देते थे यह विचार कि दासों ने एक कोड़े की दरार पर पिरामिडों का निर्माण किया था पहली बार ग्रीक इतिहासकार हेरोडोट ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्वीकार किया था लेकिन अधिकांश इतिहासकार अब इसे मिथक के रूप में खारिज कर देते हैं जबकि प्राचीन मिस्रवासी निश्चित रूप से दास रखने के खिलाफ नहीं थे ऐसा प्रतीत होता है कि वे ज्यादातर उन्हें खेत के हाथों और घरेलू नौकरों के रूप में इस्तेमाल करते थे नंबर एट राजा तट को दरियाई घोड़े ने मारा होगा आश्चर्यजनक रूप से लड़के फिर खामेन के जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना की वे जानते हैं की उनकी मृत्यु कैसे हुई युवा राजा के शरीर के स्कैन से पता चलता है कि उनके दिल या छाती की दीवार के बिना उनका उत्सर्जन किया गया था मिस्र के पारंपरिक दफन अभ्यास से इस कठोर प्रस्थान से पता चलता है कि उनकी मृत्यु से पहले उन्हें एक भीषण चोट का सामना करना पड़ा होगा मिस्र के कुछ मुठ्ठी भर वैज्ञानिकों के अनुसार इस घाव के सबसे संभावित कारणों में से एक दरियाई घोड़े का काटना होगा साक्ष्य इंगित करते हैं कि मिस्र के लोग खेल के लिए जानवरों का शिकार करते थे और राजा टूट की कब्र में मिली मूर्तियाँ भी उन्हें एक हापुन फेंकने के कार्य में दर्शाती हैं। यदि लड़का फिर वास्तव में खतरनाक खेल का पीछा करने का शौकीन था तो उसकी मौत शिकार के गलत होने का परिणाम हो सकती है नंबर नाइन मिस्र के कुछ डॉक्टरों के पास अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्र थे एक प्राचीन चिकित्सक आमतौर पर जैक ऑफ ऑल ट्रेड था लेकिन सबूत बताते हैं कि मिस्र के डॉक्टर कभी कभी मानव शरीर के केवल एक हिस्से को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करते थे चिकित्सा विशेषज्ञता का यह प्रारंभिक रूप सबसे पहले यात्री और इतिहासकार हैरोडोट्स द्वारा चार पाँच शून्य बी में नोट किया गया था मिस्र की चिकित्सा पर चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा प्रत्येक चिकित्सक एक बीमारी का उपचार करता है और अब नहीं कुछ आँख कुछ दांत, कुछ पेट से संबंधित हैं इन विशेषज्ञों के विशिष्ट नाम भी थे दंत चिकित्सकों को दांत के डॉक्टर के रूप में जाना जाता था जबकि प्रोक्टोलॉजिस्ट के लिए शब्द का शाब्दिक अर्थ गोदा का चरवाहा होता है नंबर टेन मिस्रवासी बहुत से जानवरों को पालतू जानवर के रूप में रखते थे मिस्रवासियों ने जानवरों को देवताओं के अवतार के रूप में देखा और घरेलू पालतू जानवरों को रखने वाली पहली सभ्यताओं में से एक थे मिस्रवासी विशेष रूप से बिल्लियों के शौकीन थे जो देवी बासे से जुड़े थे लेकिन उन्हें बाज आइबिस कुत्ते शेर और बबूंद के प्रति भी श्रद्धा थी इनमें से कई जानवरों का मिस्र के घर में एक विशेष स्थान था और मरने के बाद उन्हें अक्सर ममीकृत किया जाता था और उनके मालिकों के साथ दफनाया जाता था अन्य प्राणियों को सहायक जानवरों के रूप में काम करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया था उदाहरण के लिए मिस्र के पुलिस अधिकारी कुत्तों और यहाँ तक प्रशिक्षित बंदरों का इस्तेमाल गश्त के दौरान उनकी सहायता करने के लिए जाने जाते थे नंबर इलेवन दोनों लिंगों के मिस्रवासियों ने श्रृंगार किया वैनिटी उतनी ही पुरानी है जितनी की सभ्यता और प्राचीन मिस्रवासी कोई अपवाद नहीं थे पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रचुर मात्रा में श्रृंगार पहनने के लिए जाना जाता था जो उनका मानना कि उन्हें देवताओं होरस और की सुरक्षा प्रदान की गई थी इन सौंदर्य प्रसाधनों को मेलाकाइट और गैलेना जैसे अयस्कों को कोहल नामक पदार्थ में पीस बनाया गया था फिर इसे लकड़ी हड्डी और हाथी दांत से बने बर्तनों के साथ आंखों के चारों ओर उदारतापूर्वक लगाया गया महिलाएं भी अपने गालों को लाल रंग से रंगती थीं और अपने हाथों और नाखूनों को रंगने के लिए मेहदी का इस्तेमाल करती थीं और दोनों लिंगों ने तेल लोहबान और दालचीनी से बने इत्र पहने थे मिस्र का मानना की उनके श्रृंगार में जादुई उपचार शक्तियां थी और वे पूरी तरह से गलत नहीं थे